में प्यार करना गुना हो गया है जिसको लेकर रानीगंज थाना के खरसियाही गांव में हलचल मची हुई है दरअसल प्रेमिका से मिलने आए आशिक की यहाँ पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई है इस सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मचा हुआ है बताया जाता है कि छोटू यादव नाम का युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंच गया था तभी लड़की के घर वालों ने उसका घिराव कर दिया और गुस्से में आकर जमकर पिटाई कर दी जिससे उसकी मौत हो गई। खबर फैलते ही युवक के परिवार वाले गांव पहुंचकर कर और जमकर बवाल हुआ रानीगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल किया शव का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है एसडीपीओ के मुताबिक पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की के भाई और पिताजी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की बारीकी से जाँच कर रही है मेरा घर का लोग सब मेरा बहन नहीं था भाभी का पूरा रिलेशन का लोग था उसका मैके का सब भाई उसका पापा, मम्मी सब का सपोर्ट था उसके हाथ में लड़का को मार दो लड़की को भी मार दो और सुबह में भी बोले सब की मार दो, दोनों को गोली से लगा के कैसे मारा उसको क्या उसको घर में बंद कर, कर दिया था हमको दूसरा रूम उसको दूसरा रूम में हम उसको नहीं देखे पहुंचे लेकिन मैमार पता चलता है की बिजली का झटका लगा हुआ है अच्छा उसको कैसे आपके यहाँ बुलाया हम बोले थे कि आइए मतलब शादी करेंगे देखेंगे बात विचार कैसे होता है बात आइएगा तब न देखेंगे तो बोले कौन तुम थे। क्या पहले से जान पहचान नहीं था उससे क्या हाँ पहचान ऐसे उसका फेस नहीं देखे थे मोबाइल से बात होता ऐसी मोबाइल से ही हो रहा था प्यार क्या क्या नाम था लोका जिसका मौत हुआ जिसे प्रेम करते थे कहा मकान में नहीं नहीं नहीं। थाना अंतर्गत ग्राम से एक हत्या का मुकदमा आया है जिसमें मृतक का नाम छोटू कुमार है ललका, ये लड़का यंग लड़का था और यह जो है प्रेम करता था जिस लड़की से वो लड़की रहने वाली है बढ़ुआ गांव की और लड़का रहने वाला है हरिया बरगामा थाना तो इसके लड़की के परिजन ने इसको बुलाया की तुम उसको बुलाओ और हम तुम्हारी शादी करा देंगे धोखे में रख के बुलाया और यहाँ पर रूम में बंद करके इस लड़का की हत्या कर दिया है इसमें दो व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई है जो लड़की का भाई और पिताजी की गिरफ्तारी हुई है अभी उसका अपनी जी दर्ज कराया जा रहा है पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और सभी बिंदुओं पर छानबीन किया जा रहा है लड़की जो प्रेम करती थी लड़का वाले के पक्ष में ही है और वो भी बयान दे रही है कि हमारे साथ जो है सो ये घटना के बारे में ये और का वहाँ भी है बयान भी